गुड आफ्टरनून माय ऑल स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण आप लोग की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एट फर्स्ट हम लोगों को अपना जान बचाना है और फिर पढ़ाई का जरिया ढूंढना है किस जरिए से हम लोग आसानी से और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं अतः हमने आप लोगों के लिए अलग अलग मोड में पढ़ाई का बंदोबस्त किया उसमें से एक मोड है कि प्रत्येक टॉपिक को मैं ट्वेल्थ के इलेवेंथ के प्रत्येक बायोलॉजी के टॉपिक को मैं यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ आप इसे बार बार रिपीट करके देखकर सुनकर समझ सकते हैं इससे आपको पढ़ाई बाधित नहीं होगी चलिए आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है स्तनपान अंग्रेजी में इसको लैक्टेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में लैक्टेशन कहते हैं और देखिए लैक्टेशन है क्या लैक्टेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई माँ अपनी संतति को अपना दूध पिलाती है यानी स्तनपान क्या है माँ द्वारा अपनी संतानों को अपने नवजात शिशुओं को जो अपना दूध पिलाने की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं अस्तन कहते हैं। देखिए ये डिफाइन करना बहुत आसान है लेकिन इसके पीछे आपको दो टॉपिक समझना पड़ेगा आखिर मां के शरीर में दुग्ध उत्पादन होता कैसे है और दूसरा कि यह जो मां के शरीर से बाहर आता है तो किस समय आता है क्या इस क्रिया का भी कोई नियमन करता है तो जैसा आप सोच रहे बिल्कुल वैसी ही बातें हैं कि मां के स्तन में जो मिल्क ग्लैन होते हैं वहां पर मिल्क बनने की क्रिया का नियंत्रण प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा होता है प्रोलेक्टीन हार्मोन द्वारा होता है अर्थात प्रोलैक्टिन को मिल्क प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं प्रो यानी क्या है मिल्क प्रोड्यूसर हॉर्मोन है यानी दुग्ध उत्पादक प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक और मिल्क मतलब दुग्ध यह क्या हो गया दूध उत्पादक हार्मोन है जबकि अस्तन से दूध का बाहर आने की क्रिया का नियमन नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो ऑक्सीटॉसिन हॉर्मोन द्वारा यह क्रिया नियमन ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा होता है अतः ऑक्सीटॉसिन को दुग्ध मोचक हार्मोन कहते हैं इसे क्या कहते हैं मोचक इट मिल्क रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोलेक्टिंग क्या करता है म कि अस्तन में मौजूद जो मिल्क ग्लैंड है उसमें दूध बनाने की क्रिया का नियंत्रण करता नियमन करता है अर्थात दूध बनाता है जबकि ऑक्सीटोसिन शिशु को भूख लगने पर अस्तन से दूध को बाहर लाने की क्रिया का नियंत्रण करता अब देखिए ये जो दुग्ध हैं ये दुग्ध दो प्रकार के होते हैं एक जो है वह प्रसव के ठीक बात श्राबित जिसे नव दुग्ध जो प्रसव के ठीक बाद श्रावित होती है इसे हम लोग नव दुग्ध कहते हैं या इसको प्रथम दुग्ध कह सकते हैं या इसे प्रथम दुग्ध कह सकते हैं जबकि दूसरा जो दुग्ध है वो परसव के तीन से चार दिनों के बाद श्रावित होता है जिसे वास्तविक जिसे वास्तविक दुग्ध कहते हैं इस दोनों में नव जो है वो वास्तव में प्रसव काल में श्रावित होने वाला और निर्मित होने वाला दुग्ध होता है जिसे अंग्रेजी में हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं जिसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम सी ओ एल ओ एस पी आर यू एम कोलेस्ट्रम कहते हैं जब किसे मेन मिल्क कहते हैं तो मेन मिल्क जो है जिससे शिशु को एक साल डेढ़ साल दो साल तक पोषण माँ के द्वारा मिलता है इसे मेन मिल्क कहते हैं जबकि प्रसव के ठीक बात दूध का इस्तराव होता है इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कोलेस्ट्रॉल शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है वास्तविक दूध तो उपयोगी होता ही है ये तो पोषण देता ही देता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वह शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में शिशु के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त इसमें लेक्टोज होता है जो कि उसे संपूर्ण पोषण देता है और सबसे बढ़कर इस कोलेस्ट्रॉल में प्रतिरक्षित पदार्थ होते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा उसके इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षित तंत्र को मजबूत करने का काम करता है जबकि वास्तविक दूध भी शिशु के उपयोगी होता है क्योंकि ये मां के शरीर के टेम्परेचर से शिशु के शरीर में जाता है अतः शिशु का ठीक से विकास होता है अब बात करते हैं उन मादाओं की उन माताओं की जो शिशु को स्तनपान कराने में कोताही करते हैं जो शिशु को ठीक से स्तन नहीं कराते हैं तो उनमें मुख्य रूप से कैंसर की समस्या पाई जाती है उनमें डिप्रेशन की समस्या पाई जाती है जो कि एक समय तक पेड़ चला गया था बच्चे को डिब्बा दूध पिलाने का फिजिकल फिट रहने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है यदि आप लोग नेचुरली यदि बच्चे को आप स्तनपान नहीं कराते हैं तो आप ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं अतः लैपर नेसेसरी फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड सो लेटन इज यूजफुल तो मुझे विश्वास है कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे YouTube पर Facebook पर भी पढ़कर समझ सकते हैं और यदि आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा जिससे आप समझ रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं धन्यवाद